नमस्कार दोस्तों वेलकम बैक स्वागत है आपसी भाइयों का आपके अपने चैनल एवीसी गे एम जॉन में तो दोस्तों ये है भोला बुक ठीक है आज बात करते हैं भोला की पूरे मंथ की बुक रहेगी इस वीडियो में ठीक है जिस भाई को लगती है वो देख ले आसिंग चेक करना है चेक कर ले आगे के पूरे दिनों की इसी वीडियो में रहेगी ठीक है डेट थोड़ी आगे पीछे हो सकती है पी के हिसाब से तो मिला लेना ठीक है ये एक तारीख की थी मैं आपको वहां से दिखाता हूं यहां से रनिंगे जहां से निकल गई वहां से सिर्फ पासिंग आप चेक कर लेना ठीक है तो ये सात तारीख वाले बीच से आपको दिखा रहा हूं अब तक की कहानी ठीक है ये अगले हफ्ता से है बीच में आएंगे इस हफ्ते के पेज तो सैटरडे को बारह तारीख में तीन और सात दिया हुआ है ठीक है अगले मंडे में जो है बोला राम में दो और छः है साथ में नीचे दिए हुए हैं कुछ पैनल अंक और जोड़ी ठीक है फिलहाल ये कल के चांसेस शुरुआत है 15 तारीख दिन मंगलवार में छः तीन रहेगा सात नौ सपोर्ट दिया हुआ है मेन अंक में ऊपर वाले होते हैं ठीक है बुधवार में आठ और चार दिया हुआ है नीचे सपोर्ट एक दिया हुआ है उन अंकों से बनने वाली जोड़ी भी दी हुई है तो ये अपने चौदह से सोलह तारीख तक का है ठीक है सत्रह तारीख दिन गुरुवार ये पूरे अगले सप्ताह का है ठीक है इस सप्ताह का भी आ रहा होगा बीच में कहीं तो गुरुवार में सत्रह तारीख में छः और नौ दिया हुआ है जीरो पाँच सपोर्टिंग फ्राइडे अट्ठारह तारीख में दो तीन है चार नौ है फ्राइडे सटरडे उन्नीस तारीख में आठ छः तीन चार सोमवार इक्कीस तारीख में ये चौथे वीक पर जा रहे हैं अपन सीधे ठीक है तो मंगलवार में 22 तारीख में 09 है बेनस्डे 23 तारीख में 5 और 8 है भोलाराम बुक से है ये भोलाराम मासिक बुक है सेट किंग प्रकाशन की यहाँ 7 और 0 24 तारीख में है शुक्रवार में 25 तारीख में तीन और नौ है ठीक है 26 तारीख में आपका तीन और दो है 28 तारीख वाले वीक में पाँच और छः लास्ट वीक है, है मंथ का अट्ठाईस तारीख से स्टार्ट होगा जो कि एट और थ्री उनतीस तारीख में है तीस तारीख बुधवार में नौ और जीरो है ठीक है तो ये तो हो गई पुरानी इसके जो खास चांस हैं वो ये हैं दोस्तों अभी आए नहीं है चारों चांस बाकी हैं सात तारीख का निकल चुका है ठीक है इस वीकली है जिसमें पंद्रह बासठ और सिक्स से सेवन की जोड़ी है गुरुवार इकतीस तारीख में चार तीन दुआ दिया हुआ है दुआ है तिया है चौका अट्ठा है बोला राम तारीख वाली वीक में सोमवार से शनिवार सेवेंटी सेवनटी वन और सेवेंटी सिक्स तो सेवनटी वन पास हुई है वन सेवन के पेनल के साथ ठीक है फ़िलहाल अब अगले सप्ताह जो है इक्कीस तारीख वाले वीक में साप्ताहिक ब्रेकेट है फिफ्टी फोर जीरो थ्री एट जीरो फ़िलहाल इतना ही है बाकी पेज मिसिंग है शायद बाकी देख लेना आप लोग बेस्ट ऑफ लक